लोग लौट आए उसके बिना खाली हाथ मैंने तो उसे पकड़ लिया था गुजरा लेकिन वो लड़की मेरे ही पेट में छुरा घुसेर कर भाग गई जखम दे गई मुझे हाँ। जखम जखम तो वो मुझे दे गई जो अब तक भरा नहीं बड़ी आग साली में अब गुज्जर का हर जख्म तब भरेगा जब वो रूपा की आग बुझाएगा तितली है तितली साली उड़के जाएगी कहा जहां भी जाएगी लौट के गुज्जर के पास ही आएगी गुज्जर यहां तो गोला बारूद नहीं सेब है अबे ठीक तरह से देखना अबे मरवाएगा क्या, तेरे को देख देखने को नहीं याद ऊपर सेब और संतरे माल नीचे होगा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 से पूछो मुझे माफ कर दे गुजरा मुझे माफ कर दे मुझे लगता है इसमें भी लौंडिया की चाल है और वो अकेली नहीं थी दो लौंडे भी लौंडे तो लौंडे मिल गए लौंडिया को काले अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो असला बारूद और असली बारूद दोनों तो ढूंढ निकालने होंगे दोनों चाहिए गुज्जर को दोनों हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो करते हैं भाई आप लोगों के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और बेल आइकन को